मैं अपने दुश्मनों को दुश्मनी करना सिखा रहा हूँ उन्हें लग रहा है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ और परेशान तो वो भी बहुत हैं मुझसे दुश्मनी करके अरे बताओ इन बच्चों को कि इनके जैसे कई बदमाशों को मैं बदमाशी करना सिखा चुका हूँ